एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी की सजा का ऐलान कर दिया आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा राजन मेरा मुँह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला किंतु आपका मुँह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है इतना सुनते ही लज्जित राजा को संतवाणी याद आ गई बुरा जो देखन मैं चलियो बुरो न मिलियो कोई जो दिल ढूंढियो आप मुझसे बुरो न कोई